हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप स्पाइस मनी के माध्यम से जो फ्लाइट टिकट का बुकिंग होता है वो आप कैसा कर सकते हैं सारे जानकारी जान सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि मार्कअप कैसे बनाया जाता है कितना कमीशन है क्या है वो सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में तो बने रहे इस वीडियो के साथ चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको स्पाइस मनी के थ्रू आपको फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आपको ट्रेवल यूनियन ऐप का इस्तेमाल करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें स्पाइस मनी का ही यूजर नेम और पासपोर्ट डालकर लॉगिन करना है देन उसके बाद आपको यहां से सबसे पहले मार्कअप बनाना है मार्कअप हुआ है जिससे आप स्पाइस मनी में फ्लाइट टिकट बुक करते थे उसमें आपको कमीशन नहीं मिलता है आप, आपको मार्कअप के हिसाब से ही आपको कमीशन कस्टमर से लेना पड़ता है जैसे कि आप कस्टमर का फ्लाइट टिकट बुक करना है उसके से हमको डेढ़ या दो सौ जितना चार्ज लेना है उतना चार्ज उसमें मार्कअप पहले कर देंगे मार्कअप करने के बाद आपको जितने भी फ्लाइट टिकट बुक करेंगे उसमें वो जितना प्राइस डाले रहेंगे उतना ट्रांजेक्शन के रूप में या किसी भी सर्विस के रूप में करके आप उसे कस्टमर से पैसा ले सकते हैं उससे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं यानी कि जितना फ्लाइट का टिकट दा, का दाम रहेगा उसमें आप मार्कअप बना लेंगे उतना ही रुपये का टिकट दिखाएगा स्पाइस मनी और उसे टिकट बुक करके आप कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा ना ले करके आप मार्कअप के थ्रू ही पैसा ले सकते हैं कस्टमर कस कमीशन के रूप में चलिए पहले मार्कअप बनाते हैं तो मार्कअप बनाने के लिए पहले आपको स्पाइस मनी के जो ऐप है ट्रेवल यूनियन उसको आपको इंस्टॉल करके उसमें आईडी पासपोर्ट डालने के बाद मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको मार्कअप दिख जाएगा मार्कअप पर क्लिक करके आपको मार्कअप बना लेना है मार्कअप बनाने के लिए आपको पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको मार्कअप बना सकते हैं जैसे कि हम ट्रांजेक्शन फी या मार्कअप किसी भी जिस में चाहें आप उसमें कर सकते हैं जैसे हम ट्रांजेक्शन फी के रूप में कस्टमर से अढ़ाई सौ रुपया लेंगे तो उसका हम मार्कअप बना लेंगे एक टिकट का अढ़ाई सौ रुपया लेंगे या एक सौ रुपया लेंगे या एक सौ रुपया हम बना कर देखते हैं जैसे कि एक सौ रुपया लेंगे और ये सेव कर देंगे तो अब टिकट बुक करेंगे या फ्लाइट सर्च करेंगे तो एक सौ रुपया मार्जिन लेकर ये स्पाइस मनी आपको टिकट दिखाएगी तो जैसे कि यह पाँच का टिकट आता उसमें एक चार्ज जुट जाएगा जिसमें कस्टमर को पता भी नहीं चला कि हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो मार्कअप सेव हो गया अब हम फ्लाइट टिकट बुक करने का तरीका जानते हैं तो आपको फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको वन वे में जाना है या राउंड ट्रिप में या मल्टी सिटी में तो हम वन वे का बात बता रहे हैं वन वे में आपको कैसे बुक किया जाता है तो वन वे सिलेक्ट आने देंगे फ्रॉम में यहाँ पर आपको जिस जगह से फ़्लाइट पकड़नी है उसका एड्रेस डालेंगे जैसे मान लेते हैं हम आपको दिल्ली से हमको फ़्लाइट पकड़ना है तो यहाँ दिल्ली सर्च करेंगे दिल्ली सर्च करते ही दिल्ली की जितने एयरपोर्ट हैं वो आपको सामने दिख जाएंगे जैसे हमने सर्च किया दिल्ली दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है और दिल्ली म्यूनसिपल है हम इंदिरा गांधी जो भी जहाँ से पकड़ना चाहता है फ्लाइट वो सर्च सिलेक्ट करेंगे जैसे दिल्ली से पकड़ना चाहता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से तो हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सेलेक्ट करेंगे देन टू में आपको जहाँ आप फ्लाइट से उतरना है उस जगह डालेंगे जैसे कि हम मुंबई डाल देते हैं मुंबई डालते ही मुंबई में जितने भी एयरपोर्ट होंगे वो आपको सारे दिख जाएंगे दिख जाए जैसे दिख गया इस पर हम सेलेक्ट कर देंगे इसके बाद आपको डिपार्चर टाइम जानना है जिस डेट को फ़्लाइट पकड़ना है वो डेट डालना है जैसे मान लेते हैं हमको 24 तारीख को या किसी और तारीख को हमको फ्लाइट पकड़ना है तो इस पर हम 24 तारीख डाल देंगे ट्रेवलर में आपको जितने भी पैसेंजर जाएंगे उसका डिजल्ट डालना है जैसे कि एक पर्सन का करना है बारह ईयर से ऊपर एडल्ट है उसको करना है तो एक यहाँ एक कर लेंगे अगर दो डालना है तो यहाँ से प्लस पकड़ के दो कर देंगे बच्चे हैं तो बच्चे कर देंगे अब दो साल से कम का बच्चा है तो उन फेंट में उस साल कर देंगे अगर मेरे पास नहीं है तो हम जीरो कर देंगे और एक ही पैसेंजर तो एक ही करके यहां से सिलेक्ट पैसेंजर करके प्रोसेस को आगे करेंगे क्लास टाइप में आपको इकोनॉमी ही रहने देना है इसके बाद आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट यानी कि नॉन फ्लाइट में आपको सर्च करेंगे तो आपको एक भी स्टॉपज फ्लाइट का नहीं मिलेगा वो डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली से मुंबई रहेगी अगर आप ऐसे सर्च करते हैं तो आपको नॉन स्टॉप और स्टॉप की दोनों फ्लाइट मिलेंगे तो हम ऐसे ही सर्च करते हैं इसमें दोनों फ्लाइट दोनों किस्म का फ़्लाइट निकलेगा तो सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का कर रिजल्ट मिलेगा यहाँ से आपको दिल्ली टू मुंबई के लिए जितने भी सारे फ़्लाइट चलते हैं वो आपको दिख जाएँगे व्यू डिटेल्स पर क्लिक क्लिक करके यहाँ से आप फ्लाइट की डिटेल्स देख सकते हैं कि ये फ्लाइट कितने कितने जगह पर रुकेगी जैसे कि इसमें दिखा रहा है दिल्ली से मुंबई के लिए फ़्लाइट है इस्पाइस फ्लाइट का नाम है जो 20:10 में यहां दिल्ली से निकलेगी और यहाँ जयपुर स्टॉपेज है जयपुर पर उतर जाएगी जयपुर पर 11 घंटे के बाद यहां से फिर जयपुर से मुंबई के लिए फ़्लाइट उसी टिकट में उसी जगह से मिल जाएगी मतलब एक स्टॉपेज हो गया ये अगर चाहता है कि नॉन स्टॉपेज के लिए जैसे कि नॉन स्टॉपेज के लिए यह है ऑप्शन इस पर व्यू जेड पर क्लिक करके यहाँ से देखेंगे जिसमें नॉन स्टॉपेज है ये फ्लाइट डायरेक्ट दिल्ली से लेकर मुंबई जाएगी बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं है भी रूल पर क्लिक करके यहां से उसका रूल पढ़ सकते हैं कि इस फ्लाइट के टिकट के लिए क्या क्या रूल है कितना टाइम है क्या है पूरा चीज़ जानकारी यहां से मिल जाएगी प्लस में इसके बाद जैसे कि हमको फ़्लाइट बुक करना है तो यहां से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां से एक अलग ऑप्शन पर जैसे कि जो फ्लाइट तो यहाँ से क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे जैसे जैसे तो ही पर, पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बुक का ऑप्शन आ जाएगा बुक पर क्लिक करना है बुक पर क्लिक करते ही आपको यहाँ दिख जाएगा ये स्पाइस जेट का फ्लाइट है और ये एक स्टॉपी के साथ जाएगी ये नन रिफंडेबल है पंद्रह के वजन अलाउड है आपको एक जगह रुकने के बाद उसी टिकट प्राइस पर दूसरे जगह पहुंचा दिया जाएगा ये सब चेक करने के बाद आपको यहाँ पर उसका नाम डालना है जैसे कि फर्स्ट नेम में उस कस्टमर का नाम डालना है और वो नाम डालना है के के। आधार कार्ड के अनुसार क्योंकि आधार कार्ड में जो भी मिस्टेक होगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको फ़्लाइट चेकिंग करते समय तब को तो जो भी कस्टमर का नाम आधार कार्ड पर डाला हुआ है उसके अनुसार नाम डालेंगे जैसे कि हम नाम डाल देते हैं जैसे कि हमने पूरा डिटेल्स डाल दिया है फर्स्ट में कस्टमर का फर्स्ट नाम डाल दिया लास्ट में लास्ट नाम डाल दिए हैं डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार डाल दिए हैं कॉन्टेक्ट में ईमेल आई डाल दिए हैं और कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर में अपना कस्टमर का एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आई डालना है कर प्रोसीड टू बुकिंग पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू बुकिंग करने के बाद आपको फिर कंफर्मेशन आएगा देन यहां पर आपको सारी डिटेल्स देख लेना है नाम सही सही मिला लेना है इसके बाद प्रोसीड टू पे जब करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा टिकट बुक हो जाने के बाद आपको किस तरीके का टिकट दिखेगा वो आपको बता रहे हैं टिकट इस तरह का दिखेगा जिसमें आपको कस्टमर के सारे डिटेल्स लिखे जाते हैं यहाँ से आप कस्टमर को टिकट सेट कर देंगे सेंड करने के बाद या उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे प्रिंट आउट निकालने के बाद वो कस्टमर अपना टिकट लेकर जाएंगे एयरपोर्ट पर और उसको चेकिंग करके वहाँ से अपना फ्लाइट पकड़ सकते हैं